ये का का वीडियो होने वाला है पहले पहले जो पहले जो हाइप थी मजा था गेम का, वो सब खत्म हो गया में पहले जैसा मजा नहीं है कम्युनिटी खत्म है भाई फ्री फायर खत्म है दोस्तों ये नहीं अब कौन ये कौन खेलेगा बताओ इतना इतना कौन खेलेगा आर यू मिसिंग ऑफ फ्री फायर